गरीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार अथ सरभंगी साक्षी का अंग गरीब कस्तूरी नाम कबीरे है बिन बिनछेड़े मैं कंते आज अंत की कहते हूँ पटत्र कोई न संत गरीब चिदानंद चंदन कला अभिगत लहर उठंत जिन आकार अजोख पद त्रिकुटी में देखंत ग्रीबे तिरकुटी बरकुटी मेटे देह घटके घाट अनंत घटमट से न्यारा रहे जाका का आदिन अंत ग्रीबे नैनो मत निरखत रहे अविगत नाम कबीरे बेड़ा पार लगाए हूँ सुरती सरोवर तीर ग्रीब सुरती सरोवर में दस कोई एक साधु एक मकरतार तार पर पगधर है जा का नाम अलेख गरीब दो नैनो नोम कमल है उज्ज्वल हिरंबर धाम शेष से फुल से रटत है जिन्होंने पाया वह राम गरीब सेठासी ना गए चौबीसों पर चौक तैतीसों पर तलब है कोई बकरा कोई बोक गरीब सेंस अठासी कोटी तेतीस नौ चौबीसों को पूछे ये तो सथिर है नहीं कबे मुकाम कभी पूछे गरीब दसवां भी यूं चल लेगा जो हिमालय का नीरे बोतक गोते खेंगे सतगुरु कह कबीर गरीब या माया हेड़े चढ़ी खेलन उतरी फाग अद सो कौन है सबको लाया दाग गरीब ना सतगुरु जन जाके जा मैंने बाप पिंड से रहित है नाव तीनों ताप गरीब शब्द संदेशा कह तु भिन भिन्न भेद विचार इसको माया जानियो नो दसमा अवतार गरीब आवे जाए सोनार है पुरुष अचल अनुराग या दुहागिन से है वहाँ चरणो बड़ भाग गरीब कृष्ण कन्हैया राम है बलिबामन अवतार कुनर सिंह है सब माया विस्तार है गरीब ओ तो असल अनुप है नूरी दे शरीरे करता हो, हो तेरे ये माया के रघवीर गरीब दोनों दल माया खैड़ी सुर असमन के माही न्यारा पद निर्वाण है जाकी मैं बली जा गरीब धरता कू करता कहे बड़ा अंधेसा मोह है पार्सपद बहता नहीं जिसको कहिए लो है गरीब दर्श परसपद बहटे ले है अर्श आकाशी बोध जाल उठे सार में ये माया के रे विनोद गरीब के सोबन जारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब लोक अलोकम द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश दौदरणी सब जाएंगे थिर रसी आकाश गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब है का सबद शबद अति सुबान है तिथि बार नाश गरीब उपजख पैसो दूसरा एक रह सो एक सर में माया खड़ी आई नाना भेस गरीब भेस बीच अभेश है के ये जगदी से सतगुर साहेब की रजा को रखो अपने शीश गरीब लाल से हीरा बया हीरे से बया मोहत मोती से शीसा भया जब बिशरा जा तुर्गोत गरीब सोने से चांदी भया चाँदी से बया रूप रुपये से शीसा भया जाना नहीं स्वरूप गरीब जस्त भया तांबा भया यौवन हो गया रंग सारे शब्द जाना नहीं ना नाहक धारा सांग गरीब पीतल से कांसा भया से लो है? लो से लोहे बया दरियाओं की इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नगर निहाल गरीब नो दरवाजे परगट है चार कुल जड़ी अंग तिल उलमान कपाट है शेष मुखी जा गंग गरीब चौदह में पुर की क्या कहू पंद्र पुर मेल सोल में पुर सिंधु है मानसरोवर खेल गरीब गट में शोक सिलसिला बड़ा अंधेरे ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर गरीब योतन रोशन मल है दस द्वारे की दे है सतगुर तो कहते हैं शब्द संदेशाले हैं गरीब जिति ऊचरे वही ठोर तू खोजे खोज हंसलोकूचालिए बनमत भर में रोज गरीब द्वादस अंगुल टूटता उल्टा सिंध समोए रंग महल कर रोशनी दीपक बाती जोए गरीब बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेव बिन सतगुरु के पाई ये अटक रहा सुखदेव गरीब बाके पर्दे की कहे जो बाके पर्दे जाए तख तले की सब कहे जिनको मिली खाए गरीब तोड़ पिंजरा ले गई मंजारी मुस्काल कृष्ण कन्हैया पर चली है, है।, है।, है। खोजे हंस लोक कुे बनमत भर में रोज गरीब द्वाद अंगुल टूटता उठा सिंध समो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 कृष्ण कन्हैया पर चली बालिया झीमर की बाल ग्रीब मन की लखी तो क्या हुआ मन में निज मन निज मन में निर्वाण पद जाकी ऊंची पौरे ग्रीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब पाँच पक्ष सो नो नहीं चौदह तीन चार दो जा सतगुरु मैल भंडार गरीब निरख परख कर देख ले जलमिल जुलमिल सरभंगी सब ठोरे है शब्द भरपूरे गरीब बाके पर्दे हम गए सतगुरु के उपदेश शिव बर्मा विष्णु रतत है पार पाव शेष गरीब नजर अ नजर निज नाम है अपरम पार अथा है सतमोले बेपरवा है गरीब बेपरवा अथा है अगमि अगम अगा दिल अंदर दीदार है कोई करे बिरला साद गरीब ब्रह्म बीज सो जानिए जो ब्रह्म स्वद मिल जाए न्यारा रहे सो मैं खाए। आद अंत की पेंड नहीं दो ये सब था सोना देते कृत्र किसी हो चंड माया रहे जो तरुम छाही साझ हुई तब कित गई ज्ञानी खोजे ही गरीब जो मुठली में आम है बट जान सतगुरु के उपदेश तनीर शिर उपदेस गरीब जब ना होते कूरम दौल शिव बर्मा विष्णु ना होते था शब्द निरंतर ने गरीब शब्द सिंधु में लोके है ऐसा गैर गंभीर राम कहो साय कहो सोहम सत्य कबीर गरीब भरम कहो अभिगत कहो करता कहो करीम उनका दरबे परवा है रमता राम रहीम गरीब मोल कहो मुर्शिद कहो खाले कहो खुदाए अल्फ कहो अल्लाह कहो आवागवन जाए गरीब मालिक कहो मीरा कहो मेहरबान मुरार तुह कहो तालब कहो है सो अपरमपार गरीब पिदर कहो मादर कहो सुन सुनेही जान जिस ख़लक की खलक है जाकूले पहचान गरीब सत कहो सतगुरु कहो समरच कहो सलेह से निर्वयक हो निर्गुण के दरे जो का तो ही देख काय जगदीश जगत गुरु योगी युक्ता सार तन मन अरब चढ़ाई ये ऐसा अदब उदार ग्री बे जय गोपाल पैरो पड़ प्रणाम दुआ करो दिल पाक से असला असली सलाम गरीब के सो बंजारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब कुल का खामिद एक है दूजा नहीं गंवार दो कह सो दो की पकड़ा जाए दरबार की भीत सफा करो बुर्ज का भीत खड़ी करी ही तिश के तोड़ू हो रोजा कहो कहते ने नमाज़े कहने ही में बेद है रसोई मनाजे ग्रीब माला कहो तस्वी कहो कहो चौपाड़ मसीत बिस्मल कहो सतराम कहो यकीन कहो प्रतीत गरीब गायत्री कलमा कहो वैकुंठ बेस्तनी दो ये जाका दर्पण पाख है ताका मेला हो ए गरीब आँख कहो चश्मे कहो नाक कहो होते वहाँ कहो कर्बुजा कहो जोर कहो भाकूत गरीब कान कहो स्रवण कहो जीव कहो जुबान का जी कहो पंडित कहो एक कह कुरान गरीब सीन कहो गोसत कहो इंद्री कहो अजूद गृत कहो रोगन कहो एक गहु का दूध गरीब कोटि पाप अग करत है एक निंदत नहीं समान रावण निंदत राम का सेतु बं खान ग्रीब दसमस्तक रावण के कट्टे टूटी लंक बिलंक यही रावण पाताल था पाड़ी बुझा हनुमत गरीब अजामेल पापी होते वैसा कमनी ख्याल ये तो चले देने में निंद तुम्हारा बाली गरीब कंस केशी शिशुपाल को निंदा करी दिल खोल गैब चक्र उड़ा गया जो कमठे चढ़ीबान संसरा बाहू को निंदा करी दलरात परशूराम फरसा चैला जो तरवर के झाड़े पात गरीब प्रहलाद भक्त सतु करी इ कुछ निंदा ने उधर फाड़ कर मारिया नक्ति तो की सतगुर गए सतवादी के चरणों की शरपर डारो धूरे चौरासी निश्चय में टे पोच तकूरे गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग बीरे चौरासी निश्चय पेड़ सतगुरु कह कबीर गरीब सतवादी किसको कहो को गुरुद्रोही जाने बिन बिन कह दीजिएिर छान गरीब बसमा गिरी बसम हुआ गुरुद्रोही गुण मेट साहेब को बेग सहारिया कुंभी कुंड मदलेट गरीब के सो बंजारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब गुरुद्रोही के कहू कर्म निष्ठाहीन अशुभ असा सब जात है जो सतगुरु दीक्षा दीन गुरुद्रोही जाएंगे जो ओले का सब ो काया कहो पारा कहो कबिंद नाला कहो नदिया कहो तीर्थ कहो समुन्द्र गरीब घोड़ा कहो काजी कहो सूत्र कहो ऊट दरवे कहो माया कहो दिशा कहो भवे खूट गरीब बाघ कहो बाड़ी कहो पौप कहो फूले। सब गट भी गंदे मुख पोपोल गरीब हद पो बेहद कहो हद बेहद से नारण आश्रम छिप पात्र है जागट भक्ति बिलास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 बिस्मल नहीं ना, अलक, ग्रीब बंग दी देते हैं बहरा नहीं खुदाए बिस्त सिरे की आस है पकड़ पछाड़ी गाये गरीब का जी कान नहीं मुला मिले नमूल बिस्तरे पोचे नहीं बोसूल बबूल गरीब बहिष्त सरे के पंथ में मोहम्मद दीनी है और बड़ा को पीर है मुदना दीदार अला है गरीब अरस कुस की सहल है पर्दा पोसी पंथ पीर कबीर खास है सतसरे का संत गरीब पंडित पतरा बाँच कर दीना डबोए उन पत्थर की पूजा करे परमेश्वर दी खोए खो गरीब पति तोड़े खून है जड़ देवा नहीं खाए हमको सतगुरियों का यहाँ पूजा कर बुलाए गरीब कबीर पुरुष के सिर मुक है असंग पानो उजियारो दाता जगमंगता समृत सृजनहार गरीब पुरुष पुरातन तीब है सबका का सृजनहार हल्का कहूँ तो यो नहीं भारी कहें नहीं भार गरीब सत पुरुष आप कबीर है जूठा तर्क तर्क हिंदू कहूँ तो वो नहीं तुर्क, तुर्क। कहें नहीं तुर्क गरीब मोल कहें अमोल है अमोल कहें से मोल सब गति में हैरान हूँ सतगुर पढ़दा खोल गरीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब दीन कहे बे दीन है बे दीन कहे से दीन अविनाशी आसन अचल परम पुरुष परवी गरीब दुंद कहे निर्द्व है निर्द कैसे दुंद बंद कहे मुक्ता सही मुक्ता कहू तो बंद गरीब सतवादी सतजन है बंद दे जिन तोड़े हमको सतगुरु यो भ्रम ब्रह्म फोड़े गरीब सतवादी के ते कहूं अरब असम को देखो सतगुरु जग तारत है पीव अलेख पर से में है को कबीरे बारा पंथ धीरे गरीब सुल्तानी के सर लगया बलख बुखारा दिया त्याग जिंदे के चोले मेले ले दीना सतबैराग गरीब मोहम्मद के मुर्शद सही केवल कलमा दीन मुसलमान माने नहीं मोहम्मद का यकीन है गरीब निर्दा व निर्भय सही दावा बद भान मनी मवासा नारों युग परवान गरीब राज तबक चौदह सही राब कोटि असंख जा हृदय नहीं नाम है राव नहीं वैरंग गरीब सब रावन पति राव है जाके रोम रोम धुनि होए दम खाली ने नाम दिन छतरपति है सोए ग्रीबे जाका संपट खुल गया तिन देखा ब्रह्मी उलझे मैं सिंह दिदार गरीब वार पार उत नहीं है आदि अंत नहीं मध्य पूर्ण ब्रह्म विचारी निर्गुण निर्मल सुद गरीब अजर अमृत सतपुरुष है सो हम सुकृदीर बिन दम दे दयाल जी जाका नाम कबीर गरीब देखे सो कहता नहीं कहता भया अध सुनते कु नहीं जाका नाम अलेख गरीब हम सुबतानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया काशी माय कबीर हुआ गरीब बहुरंगी वरियाम है गया सतलोक सुधा शरीर गोरख के मस्तक तप अदली सत्य कबीर गरीब कंकाली कर जोड़े कर तनम कर कुर्बान जगदे धड़ पर सिर चढ़ा सतगुरु के परवान गरीब सर्जुन अर्जुन को सतगुरु मिले मक् मदीने माही चौसठ लाख का मेल था दो बिन सभी चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए चौंसठ लाख गए दो रहे सतगुरु पाए गरीब के सो बंजारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब सतगुरु सर्जुन अर्जुन सतगुरु है बैठी है नीच गृ ऊंच नीच में हम रहे हड्डाम की दे है सरजुन अर्जुन समझियो रखियो सब स्ने गृह बे ज्ञानी को सतगुरु मिले है खोज दी नाड़ सिर पर सत कबीर है उड़ी भरम कीयाल गरीब दत्ता किया को दक्षिण बीच दयाल दयाल हुआ ऐसे दिन ग़रीब नानक तो निर्भय किया वह गुरु सतजान अदली पुरुष पिछाणिया पूर्ण पलीब अदली पुरुष कबीर है सब सिर तपे लटे सौदा करो तो इत करो चल सतगुरु की हाट गिरी बेदू को सतगुरु मिले दे पान की पीक बुढ़ा जिसे कहें या दादू की निश गरी बे दादू के सर पर सदाह अदली असल कबीर टक्कर मारी जज मिले फिर सांभर के तीर गरीब दादू दान उनंगिया तीन दिवस तीन रात आगे से आगे मिले सब सुनेही साथ गरीब आसन असल कबीर का वह सब का सतगुरु एक ब्रमंड एक सु समझ ले दो के सिरेख गरीब देही को सतगुरु कहें यो सबर ज्ञान चार दाग आवे नहीं जिसको सतगुरु पड़ा और इनमें कौन सा हमको बड़ा संदेह है गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ झूठी सब हिटे पंछी उड़ा आकाशे को चलता कर गया बीट गरीब नामा को सतगुरु मिले देवल दिना फेर भगत कबीर है शब्द कया हम ठेर गरीब रह दास रसायन पी वे ते चोले दरे अनंत चलती बिर पाए नहीं धन्य कबीर भगवंत गरीब तेज पूंछ का तख्त है तेज पूंछ की शेहज तेजपुंज का कंठ है तेजपुंज का बेज गरीब तेज पुंज की सैल है तेजपुंज के धाम सेवक है तेजपुंज के तेजपुंज के राम गरीब आकार बार रे पाँचों तक मिल जाए चार युग जे तंत्र तो भी दे गाये गरीब कृष्ण कन्हैया और राम को कोह जीव कहे करता पिंड पड़ा इन भगवानों का इनको देख विचार गरीब के सो बंजारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब कच मछकूरम लग शेष को देख इनकी देही भी नहीं रहे कहे सब उसता की टेक गरीब ये जीवन सत है जब लग राम रतन दे ब्रम पड़े हैं पंथ गुड़ का सब्ठान है इख अल की जात भीर्ति करतार की क्या कहूं उत्पात गरीब रतन दूध में सब सही दही और बे ऊंपार ब्रह्म सत वृक्ष है फूल पान सब्जी जी वे गरीब नरसिंह रूप सतपुरुष धरा ऊं पर लाद भगत के काजे हिरणा कुस्कुन ले गया ज्योति तरने बाजे गरीब नमक का देवल फेरा मुई जवाई गाए पीड़ा मिट्टी संत की छान छुआ गाये गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ आप भक्ति के हेत काकर वो ही जान कना भगत के खेत ग्रीब या काकर से अन हुआ वहाँ के सो से हुआ कबीर वार पार पावे नहीं गति कुछ गैर गंभीर ग्रीब विष्णु त्रिलोक नाथ के प्रचय कोटि अनंत वत्सल भगवान है क्यों नींदत है संत गरीब करता ऊपर चोट है के करतार मूल लहे नी मूरखा गिणते हैं क्यों डार गरीब सतपुर साहिब एक है दूजा ब्रम विरोध बिन सतगुरु सूज नहीं चाहे पड़ो अठार बोध गरीब यो सतगुरु साहिब सही ही माटी का गुण मेटे सुरती निरती पर बर मुट गरी बे गलगोटा गुरु आ गणी फांसी देख बनाए कर जमपुर दे दी बे झूठे गुरु का नाक ले हैं। फिर सरवण और नैन सतगुरु बोले साख या दूर कर फोकट फैन गरीब झूठे गुरु को झटक दे सामी को फूहू होके या मैं दोस्त जरा नहीं शबद कया हमको कह गरीब से आजिज रहे सब मेरन पर मेर सतगुर है शबद कया हम गरीब सतगुर सतिगुरु क्या कहे शब्द अतीत पछाण रोम रोम तेज है कोटि नूर शशिमान गरीब सतगुरु सतगुरु क्या कहे सतगुरु शबद अतीत सतगुर सोई जानिए जा। गुण इंद्री नहीं ग्रीबे पीछे गई सो जान दे ले रहती उतरी करो चाखो गरीब केसो बंजारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब मुहे बिन पाव नहीं जीवत कैसा योग चौरासी आसन करे मिटे न संसा सोग गरीब पंचग्नि पाखंड है मोनी तपे आकाश झरने बैठे क्या हुआ क्या जिम्मे में गिरास ग्रीब दुद्धादारी सिद्ध है पान फूल फल खाही गट में न संचरे घटम संसर है गरीब चुंडित मुंडित बदरा मामे सेरी जग धक्के खाए गरीब योग नहीं वो रोग है जब लग निज नाम न चीने घर घर द्वारा भटकते बेख बिना यकीन गरीब बेच लिया तो क्या हुआ जब लग नहीं विवेक तीन काल निपज नहीं नहीं मिटे कर्म रेख गरीब अदक पाली तपत है तलाशर ऊपर दम का खोजन जा नहीं क्या देर गरीब या दे सोंगी नहीं महंगी रत्नोमोल जे जाने तो राम जप नहीं कुल कपाट न खोल गरीब पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो बस्ती तन तो बस्ती में एक साजा के हृदय राम गरीब जल से सब कुछ होते है जल का काहे से होए खोज करे कोई संत जन या पुंज प्रगति लो ए गरीब सात धातु जल से भाई सातों अनाद लक चौरासी सकल जीव सुर नर मुगन साध गरीब अविनाशी से प्रेम होए हो प्रेम से होए नीर सकल सुर में गे पाँचों तत्मीर गरीब निर्गुण कला से कलप है उन कलप से बहे उन देव त्यों देवान जीव बाँधे सतगुरु कैया देव ग्रीब सत पुरुष निर्गुण कला सरगुण कल्प विनोहदे ओ हम सोम से भिन्न है नी अक्षर ग्रीब कच्छप दृष्टि ज्ञान दर कुंज बैन बिलास करोड़ अरविचंदा जल न रोम रोम के पास ग्रीब नीन मनोहर चाल है रतन सिंधु से प्रीहित द्वाद फुट सुमेरे चढ़ जान उदित ग्रीब सत पुरुष को परस ले दिल अंदर दीदारोडर भी चंदा जलमिल रोम रोम की लार ग्रीब सत पुरुष ने गुण कला सर गुण संत सुधान सतलोकू परस ले जा बैठे हंस अमान ग्रीब जर से कमल कमल से जल है पांच तत् का जोड़ा सतगुर साखी समझ कर पूछो पहले अरण गढ़ाया अथोड़ा गरीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब रगे दुसाम अथर नाही बर्मा वेदन वाणी जल कमला दोनों में थे तब होते पुरुष बनानी गरीब कहाँ सुन की सेज पौन के पंख कहाँ है कहा गगन का द्वार किस कमल समा है पौन की पंख सुनती है ब्रह गगन का द्वार है ग्रीवे गुड़ी अरस उड़ जाते हैं फिर पृथ्वी परलीन खेचन हारा जा नहीं गटवा जीना गरीब सुख समूप छके रह सो बैठे बैराट विश्व रूप में बिस्तरे उतरे ओगट गाट गरीब जैसे भूमि में जल बसे गगन मंडल गो साई तन बीच है देखो दृष्टि उगार गरीब बिना साड साडू नहीं सुनो समोसया नीलो सारा वर्षे बाद हुआ बरस बहा सिद्ध में होए ग्रीब साधन दी में गजल कहीं कहीं है पापी मारी जिंदर दौड़ पौग गरीब दत्त दल दरमल असुरदल आस गे मंडी मसानो निशं फिरे जीव जब लग जो खिलना ही मरे जब मरे हैं गरीब चंद सूर की आयु लग जे जीव का रहे शरीर सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का गरीब एक पलक युग जीवन जय सतगुर बेटा होए रोम रोम तारी लगे सुरती सुम पोए गरीब डेरे डंड खुश रहो खुसरे लहन मोक्ष ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष गरीब गाड़ी बाहो करो खेती करो खुशहाल साई सिर पर राखिए तो सही भत्थर लाल गरीब माता पिता के बचन में रह ग्रहपाल भरम का ध्यान हरदम साहेब याद रख कोटि यज्ञ समान गरीब माता हुए सुनि सी पुत्र जिसको ग़रीब पिता को कुटिल बचन नहीं बोले अपनी करनी पाए साईं दे पूरा तोले गरीब कलजगाई के कई वरतराज की इंश सितार लक्ष्मण श्यो बहुत किए ग्रीब दस बारे, राम एक। तो बारे से गिर पड़ा पड़ा कलेजा छे गरीब सीता राम लक्ष्मण को दसोटा क्यों दीन ऐसे बिछुरे संग से जोंदरिया से मीन गरीब के सो बंजारा भया बालदरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार गरीब सीता रावण ले गया देख दही के काम दे सोटे में फिर है लक्ष्मण भाई राम गरीब तिति से बंद में सीता लगा शराप खुद लंक बिलंक को अनुमत सिद्धि के प्रताप गरीब कहता दास गरीब है सुनियो संतान सतगुर पुरुष कबीर है सब सुख की खान